जो सबसे ज़्यादा वो मेरे पापा हैं हंसते खिलखिलाते रूठ जाने पे मुझको मनाते जरा सा डर दे देख दे मुझे पल में घबरा जाते दिन रात अपना ख्याल कुछ को हौसला बढ़ाते हर मेरी गलती पर प्यार से वो समझाते पर अब वो नजर नहीं आते आंखों में आंसू थम जाते मगर अब बोलने नहीं आते सोते हुए चुपके से देख जाते पर अपना एहसास नहीं जताते कहते हैं जो खपा होकर चले जाते वो लौट के वापस नहीं आते दूर कहीं आसमान में सितारे बन जाते हैं तन्हाइयों से भरी ज़िंदगी में एक अपनी बस याद छोड़ जाते हैं तन्हाइयों से भरी ज़िंदगी में एक अपनी बस याद छोड़ जाते